गुलाम मैं अपने घर के संस्कारों का वरना मैं भी लोगों को उनकी औकात दिखाने का हुना लगता हूँ बहुत सारे कुत्ते मिलकर एक शेर को घेर तो सकते हैं पर उसका शिकार नहीं कर सकते क्यों पता है क्योंकि वो शेर है तुम जितना शरीफ बनोगे ये दुनिया तुमको उतना ही बदनाम करेगी एक बार बदनाम होके तो देखो ये दुनिया तुमको सलाम करेगी फ्री फायर की हर गलियों में मेरी स्क्वाड का नाम आता है फ्री फायर की हर गलियों में मेरी स्कॉड का नाम आता है जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ ना सिर्फ एक तुम अपनी औकात ऐसी बीच में से फाड़ दूंगा और आसमान में कुछ ज्यादा उड़ रहे हो थोड़ा जमीन पे रह लो वरना जितना जमीन के ऊपर हो उतना अंदर गाड़ दूंगा दुछी। दुछी।